हमारा जीवन किस हद तक हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है जिस नाइंसाफ़ी और अन्याय का हमें अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है क्या वो हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है? अगर हाँ तो क्या हम इन अन्यायों को स्वीकार करें और ये सोचकर खुद को दिलासा दें कि चलो ठीक है कर्म कट रहे हैं <laughs> भले ही ऐसा लगे कि इससे हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है समान था अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि समझ जाए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओल्ड बोल्ट मैंने कहा आप इतनी बड़ी हैं <laughs> आ, क्या आप अब भी उम्मीद करती हैं कि यह दुनिया आपके साथ इंसाफ करेगी इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रही पूछा <laughs> <laughs> क्या इसलिये? मैं इसका दोष अपने पुराने कर्मों को दे सकती हूँ मैं चाहती हूँ कि दुनिया मेरे साथ अच्छे से रही है स्कूल की बच्ची वाला सवाल है अब तक आपको ये समझ जाना चाहिए कि दुनिया इंसाफ नहीं करती है ये आपके साथ इंसाफ नहीं करेगी लेकिन अगर आप अपने अंदर गहराई में झांकें और जीवन का स्वाद चख लें अपने विचार और भावनाओं का स्वाद नहीं उस जीवन का स्वाद जो आप हैं तब आप देखेंगे कि ये जीवन सिर्फ इंसाफ करने वाला नहीं बल्कि ये शानदार है तो आपको इंसाफ करने वाला जीवन चाहिए या शानदार जीवन आपको ये फैसला करना होगा। मैंने देखा है कि मटेरियल से भी ज़्यादा आजकल अचानक ये बहुत वाला कौन है आपका दोस्त है क्या <laughs> ये मेरे चारों तरफ है <laughs> और मेरी इंडस्ट्री में तो इसका भरमार लगा पड़ा है तो मैंने देखा है कि आजकल मटेरियल ईगो के अलावा स्पिरिचुअल ईगो भी फैला हुआ है मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जो आध्यात्मिक मार्ग पर है <laughs> आपने नहीं सदगुरु <laughs> जो जो खुद को आध्यात्मिक मार्ग पर न चलने वाले लोगों से ऊंचा मानते हैं आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे ताकि वो इस नए स्पिरिचुअल ईगो का शिकार ना बन जाए हम लोग ईगो नाम के आदमी को समझते हैं ठीक है अगर आप मुझे दिखा दें कि ये है, तो मैं इसे अभी ठीक कर काश मुझे पता होता ये है ये से आ जाता है तो आपको नहीं पता कि ये है बात बस इतनी सी है देखिए कुछ विशेष पलों में एक इंसान के रूप में एक महिला के रूप में आप एक सुंदर इंसान होती है मेरा मतलब है एक बहुत बढ़िया इंसान माफ कीजिएगा मैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बस कभी कभी सुंदर दिखती हैं आप हमेशा सुंदर दिखती हैं पर कभी कभी आप बहुत बढ़िया होती हैं <laughs> ठीक है कुछ विशेष पलों में शायद आप बुरी होती हैं हो सकता है तो जब भी आप बुरी होती हैं आप कहती हैं ये मेरी ईगो है आप ये क्यों नहीं कहती ये मैं हूं मैं कभी कभी बहुत बढ़िया होती हूं कभी कभी बुरी होती हूं अगर आप इस पर गौर करें तो बुराइयां खुद ब खुद कम हो जाएंगी लेकिन अगर आप कहें कि जब भी आप बुरी होती हैं ये मिस्टर ईगो ऐसा करता है और आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ है ना आपके पास उसका पता है नहीं आपके पास उसका फोन नंबर है तो इस बंदे को कैसे ठीक किया जाए तो यही सबके जीवन में चल रहा है बिकॉज दिस इज स्पिरिचुअल जॉर्गन विधाउट बींग स्परिचुअल क्योंकि ये है आध्यात्मिक हुए बिना अनाब शनाब आध्यात्मिक बकवास हर जगह मौजूद है खासकर भारत में क्योंकि हमारे पास क्या है पता है ना पंद्रह हजार सालों का आध्यात्मिक इतिहास इसलिए हमको सारे शब्द आते हैं हमें पता है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है फलाना ढिमका अहंकार हम सब कुछ जानते हैं पर सिर्फ शब्द <laughs> सिर्फ शब्द नोटेड <laughs> तो हम लोग यू ही बस शब्दों को उछाल पश्चिम वालों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो कर ही सकते हैं क्यूँकी अगर आप इधर आए तो मुक्ति शक्ति ये वाला वो वाला वो क्या क्या नहीं कह देंगे मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जाकर पश्चिम में आध्यात्मिक केंद्र स्थापित कर दिए हैं खासकर अमेरिका में क्योंकि उनको बस एक मंत्र आता है बस एक मंत्र अन्द्र चला रहे हैं। <laughs> तो दुर्भाग्य से आध्यात्मिकता कुछ मायनों में वहां पहुंच गई है आध्यात्म वहां इसलिए पहुंच गया है क्योंकि समाज में इसकी जरूरत है और स्रोत उतने हैं नहीं इसके चलते लोग यहां वहां ऐसी चीजें बना रहे हैं ऐसा हुआ यू you नो know, कुछ साल पहले पंद्रह पंद्रह सोलह साल पहले की बात है और तब मैं अमेरिका में था तब हमारे ऑफिस में किसी ने मुझसे कहा सदगुरु आपको पता है कि हर रोज एक लाख लोग गूगल पर आध्यात्मिकता शब्द टाइप कर रहे हैं मैंने कहा ऐसा क्या ये टाइप कीजिए देखते हैं क्या आता है क्या वहां हमारी कोई तस्वीर भी है या नहीं <laughs> उन्होंने आध्यात्मिकता शब्द टाइप किया पहली चीज जो निकल कर आई वो थी मैक्सिको का एक स्पा। आप हैं। <laughs> नहीं, मैं <वाँ> नहीं <laughs> और अगली चीज जो निकल कर आई वो थी उत्तरी कैलिफोर्निया में एक कॉल गर्ल <laughs> उसने वो सारे एस रखे <laughs> हर चीज के लिए वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक लिखती है उसने 108 बार वेबसाइट पर आध्यात्मिकता शब्द डाला हुआ था आप आध्यात्मिकता लिखिए नंबर दो पर वो आएगी मुझे लगा ये शर्मनाक बात है हजारों सालों से कोई भी आध्यात्मिकता की बात हो तो लोगों ने पूर्व की ओर देखा है पूर्व यानी भारत इसका यही मतलब था तो मैंने कहा हमें कुछ शुरू करना चाहिए आ, कोई आध्यात्मिक तो गेट यानी अगर लोग कहें उनको आध्यात्मिकता खोजनी है तो उनको भारत की ओर देखना होगा क्योंकि यह एक ऐसी संस्कृति है जिसने इस पर सबसे ज्यादा समय लगाया है अमाउंट ऑफ टाइम एक्सप्लोरिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड द मैकेनिक्स मानव चेतना और इंसानी मशीन के मैकेनिक्स की खोज में सबसे ज्यादा समय लगाया है कि सतह पर और आंतरिक स्तर पर कैसे काम करता है ये काम कैसे करता है? हम इसके लिए क्या कर सकते हैं इस सब की खोजबीन की गई है ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भारत से हूँ दुनिया को करीब से देखने के बाद ये कह रहा हूँ की अध्यात्म को कहीं और it been at like this? इस तरह से नहीं देखा गया है तो मैंने कहा कि हमें एक आध्यात्मिक गेटवे बनाना चाहिए भारत यानि एक आध्यात्मिक द्वार मुझे आपको बताना चाहिए लगभग पंद्रह साल पहले तक मैं भारत में किसी भी गुरु से नहीं मिला था मैं बस यू ही नहीं मिला मैं बस अपना काम करने में बिजी था मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे जाकर किसी से मिलना पड़ेगा मैं कभी किसी दूसरे आश्रम में भी नहीं गया और फिर मैंने सोचा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ फिर मैंने कुछ फोन कॉल किए उन सब ने मेरा फोन अच्छे से रिसीव किया और फिर मैं कुछ लोगों के पास जाने लगा और जुड़ने लगा 125 गुरुओं के साथ हमारी एक मीटिंग हुई हमने ये नियम बनाया कि कोई भी अपनी फिलॉसफी की बात नहीं करेगा आप अपनी फिलॉसफी रखिए यह बस एक मीटिंग है ये मीटिंग सिर्फ अपने आश्रम या अपने योग केंद्र या आपका जो कुछ भी है उसको बेहतर बनाने के लिए है हम आपको मैनेजमेंट सिखाएंगे हम आपको ब्रांडिंग सिखाएंगे हम आपको सिखाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं हम आपको सिखाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय समुदायों के सामने खुद को प्रस्तुत कैसे करना है आपकी फिलॉसफी आप हमारी मत छुए हम आपकी नहीं छुएंगे आप अपना काम करते रहिए क्योंकि यही संस्कृति की खूबसूरती है कि ये सैकड़ों रूपों में हजारों रूपों में रह सकती है और हमको ये चलेगा तो जब मैं ये सब कर रहा था खैर मैं कई शानदार लोगों से मिला लेकिन इसके साथ साथ कम से कम 60 से पैंसठ प्रतिशत लोग मुझे कहते हुए दुख हो रहा है मैंने पाया कि अगर मैं हवाई अड्डे या गोल्फ कोर्स में जाऊं तो मुझे बेहतर लोग मिलते हैं इन तथाकथित आध्यात्मिक केंद्रों की तुलना में क्योंकि ये अनाप शनाप चीजों से भरे हैं नो no हार्ट No depth, no profoundness. कोई दिल नहीं है न कोई गहराई है गहनता है जो उन्होंने मैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा कठोर होता चला जाता जो मेरे बहुत करीब है उनके लिए मैं बेहद निर्दयी हूँ yes. क्योंकि आध्यात्म में बस सत्यनिष्ठा लेकर आना इतना मुश्किल है क्योंकि जैसे ही वो आध्यात्मिक होते हैं बस थोड़े से जैसा आपने कहा आप इसे आध्यात्मिक ईगो कह रहे हैं मैं इसे आध्यात्मिक हवा कहता हूं जैसे ही उन्हें आध्यात्मिक हवा मिलती है वो हवा के बुलबुले उनके सिर में घुस जाते हैं अचानक वो अजीब हो जाते हैं वो ऐसी बातें करने लगते हैं जिनका वजूद नहीं है वो ऐसी बकवास बोलना शुरू कर देते हैं जिन्हें कोई नहीं समझता अगर आप कुछ बोले कुछ भी बकवास जो कर रहे हैं तो आपके सामने मौजूद लोगों को वो समझ आना चाहिए नहीं तो आप बोली क्यों रहे क्योंकि कुछ बोलने का मकसद लोगों को यह समझाना है कि आप क्या कह रहे हैं नहीं अगर मैं कुछ ऐसा कहूं जो आपकी समझ में ना आए तो मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप छोटे ये कचरा है ये बहुत ज्यादा समय से चलता आ रहा है तो दिस होल स्पिरिचुअलिटी एज ए थिंग दुर्भाग्य से पूरी आध्यात्मिकता के लिए ये बुरा समय चल रहा है लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं क्योंकि लोगों की जानने की इच्छा बढ़ रही है मुझे आपको यह बताना चाहिए कि 40 साल पहले जब मैंने पहली बार योग कार्यक्रमों की शुरुआत की थी कई अलग अलग रूपों में इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम तब पचासी प्रतिशत लोग सिर्फ हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए कार्यक्रम में आते थे केवल 12-15 प्रतिशत लोग ही कुछ जानने के लिए आते थे आज 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो कुछ जानना चाहते हैं कुछ अनुभव करना चाहते हैं केवल आठ से दस केवल आठ से दस प्रतिशत ही सेहत से जुड़े इश्यूज के लिए आ रहे हैं जो कि इंसानी चेतना में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है अब अगर इस ईगो वाली बात की बात करें तो ये एक चीज है जिसे हमें ठीक कर लेना चाहिए देखिए आपके अंदर सिर्फ एक इंसान है या दो मुझे लगता है एक आपको लगता है एक, हम, मैं एक ही कहूंगी एक इसका मतलब है आप एक इंडिविजुअल है इंडिविजुअल शब्द यानी इंडिविजुअल शब्द इंडिविजुबल से आया है यानी जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते ये अच्छा है कि आप एक व्यक्ति हैं कि आप इंडिविजुअल हैं अगर आप दो हैं तो आप या तो स्किज्जोफ्रेनिक हैं, या आप किसी के वश में हैं साइकेट्रिस्ट और एक्ट <laughs> या तो मनोचिकित्सक या ओझा को आना पड़ेगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कोई इसे समझ ले आप आत्मा परमात्मा अहंकार ये वो चीजों के बारे में मत बात कीजिए आप इंडिविजुअल हैं, एक व्यक्ति हैं आप किस तरह के हैं क्या आप एक बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं या एक बुरे व्यक्ति बस इसे एक चीज को फिक्स कर दीजिए